Yeah Ha Come here 你都打到我去你啊背上啊我走哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎 मैं तो तो जाए, जाए तो वीडियो बना तो रहा फोटो जय जय में में कर कंप्यूटर नहीं की दो तीन खेच दो घर हो रही है जब पता ही ना कर रही बच्ची जा, बजगी बजगी एकदम तेज नहीं। नहीं। नहीं। नहीं। 哎猛 mũi 嘞哟啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊啊 और भाई आए और जूमेंगे तो नहीं है हां एक दो है तीन हेल्प टोकी लगाओ यार हेल्प टोकी लगा लो उनसे ओह علي जोड دو دو کی لگاؤ پانی چلے کم تین نیچے لے لے میں کال بٹن دبائے جا رہا ہوں اب راہ تو پوری تو دوسرا ہے تمہیں ارمیہ ختم کر जो कोई तौ देखो